Welcome to Movie 7 channel please enjoy the movie janaab rocky ko aapke paas leke aa rahe hain सलाम वालेकुम वरहमत वाले वा लबरकु वा मेरे मुल्क में हर मजहब की इज्जत करना सिखाते हैं शहर में मेरे ही होटल के सारे कमरे बुक करके मेरे ध्यान हासिल करने का तरीका बहुत खूब लगा तुम्हारा बड़ा सफर करके आया हो मरने के लिए आपको बिजनेस देने आया हो लेकिन वक्त निकल गया पहले आते तो शायद मंजूर कर लेता एक तरफ सरकार गिर गया और दूसरी तरफ वो के जी की और जा रहा है उस दिल की तरह भागा है। अब क्या है तुम्हारे पास सब कुछ तो हार चुके हो कम से कम कुछ दोस्त तो बना लेते अब उन्हें क्या जवाब दूंगा चाचा मेरे लिए एक आखिरी काम करोगे बोल रहे हैं, क्या चाहिए थे तेरे को ये गन कौन सी है अब भी वही चाहिए जो 20 साल पहले चाहिए था दुनिया। टाइम आ गया अच्छा लोग को बिठाई दे रे। अबे मालूम है किसको रोक रहा है क्या नाम है इसका कलाश टिकाओ कलाश सिटी शे, शे, भाई सब कुछ खत्म हो गया जनाब पूरा उमेश को साथ हाथ से गया रोके ने सबको मार दिया कलाश निकाल पता नहीं वो कहा दोस्ती लायक कोई यार नहीं मेरे दुश्मनी झेल सके ऐसी तलवार नहीं बिजनेस करेंगे ऑफर क्लोजेस सो। आई होप यू आर एंजॉइंग द क्लिप थैंक्स फॉर वॉचिंग आर छैनो मूवी 7.